मैं वो हूं जिसे खोने के बाद पाने की उम्मीद मत करना बनना है तो बाज़ बनो बाज नहीं कभी खुद को तू मेरी जगह पे रख कभी खुद को तू मेरी जगह पे रख तरस ना है तो छोड़ देना पानी अगर शांत है तो गहराई से मजाक नहीं करते समझ रहे हो हम भी तो देखें देखे हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया मुझ में कोई अच्छाई है ही नहीं मुझे जो बुरा कहता है मान लेता हूँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है नहीं। तो आप समझदार लोग ये गलती बार बार निकलते right बड़े बदतमीज है हम लोगों के सामने सच बोल देते हैं